डॉक्टर हीरा पासवान और अनिल छेत्री के साथ डॉक्टर प्रियंकर सिन्हा ने आज काम्ति इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल का दौरा किया और कार्डियोवैस्कुलर और क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठित काम के लिए कामती एजुकेशन फाउंडेशन से सम्मान प्राप्त किया जो डॉक्टर प्रियंकर सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं है वह भारत के एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक है जो की कार्डियोवास्कुलर वेस्कुलर सर्जन के रूप में कार्यरत हैं नारायणा हॉस्पिटल बैंगलोर नारायणा हृदय बैंगलोर में जो अहमदाबाद हार्ट हॉस्पिटल आप सभी को बता दें कि बहुत जल्द वहाँ कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सिलीगुड़ी में भी अपना सेवा प्रदान करने वाले हैं तो आइए इसी ऐसी जुड़ा हुआ तथ्य को और स्पष्ट तरीके ऐसी समझते है नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स बीबीसी 24 इनटू इंटू सेवन में हम खड़े हैं कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा में यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को सम्मानित किया जा रहा है इसी से जुड़ा हुआ आइए तथ्यों को जानते हैं और स्पष्ट समझते हैं स्टाफ फैकल्टी सारे स्टूडेंट मैं काफ़ी दिलों से आप लोगों को इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ और आपके काफ़ी बच्चे हमारे हॉस्पिटल में काम करते हैं यहाँ से जाकर इंटर्नशिप करते हैं मेरे अंदर में हैं बहुत अच्छे हैं आप लोग काम देखकर हमारे जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है काफ़ी खुश हैं सर से मिले मैं चाहता हूँ आप लोग इसी तरह फ्यूचर में काम करते रहें फ्यूचर में आगे बढ़ें अच्छे काम करें थैंक यू मीडिया तक ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में और बीबीसी 24 सी ट्वेंटी फोर सेवन में आपका स्वागत है धन्यवाद तो हमें बताइए आप जो डॉक्टर साहब को ये दिया गया उनको सम्मानित किया गया इसका क्या, क्या था उद्देश्य और फर्स्ट uh, ऑफ ऑल कामची uh, कामची फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों का स्वागत है और कामती एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर uh, प्रियंका सिन्हा आए हुए थे हीज़ प्रैक्टिसिंग विथ नारायणा हिदालय बैंगलोर एंड इनका अपना खुद का हॉस्पिटल है अहमदाबाद में हार्ट अहमदाबाद हार्ट हॉस्पिटल हॉस्पिटल के नाम से और हम लोगों को सर जो है कामती एजुकेशन फाउंडेशन का एक यूनिट जो है कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिक्स बहुत ही जल्द सिलगुड़ी में ओपन होने के लिए जा रहा है इसी बिल्डिंग में जो होम लैंड बिजनेस सर है ये महिंदर शोरूम के जस्ट ऑपोजिट में है सिलम रोड पर अब सर जो है यहाँ पे क्या होता है कि इनको बुलाने का इनको हम लोग आज फैसिलेट किए हैं क्योंकि बिकॉज ये इनका हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान है और हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है जो है ये हार्ट प्रैक्टिस कर कर रहे हैं और हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं द नंबर वन वो हार्ट वर्ल्ब रिपेयरिंग के लिए इज़ द नंबर वन अभी क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं कुछ भी हार्ट से रिलेटेड अगर इश्यूज होती है तो क्या होता है कि सिलगुड़ी में जस्ट चेकअप करवा के उसके बाद यहाँ के पेशेंट्स डायरेक्टली मूव करते हैं बैंगलोर चेन्नई वेलोर अब क्या है कि सर को हम लोग यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं काम हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिस में ताकि जो यहाँ के सिलगुड़ी के लोकल पेशेंट हैं नॉट ओनली सिलीगढ़ी के लोकल पेशेंट हैं जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे पेशेंट आते हैं और नेपाल से भूटान से लाइक बिहार से आपका आसाम से सिक्किम से तो ये सब पेशेंट को हम लोग यहीं पे इस मतलब उस लेवल का सर्विसेज हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं और बहुत और ही इज़ द ओबियसली इज़ द नंबर वन इन इंडिया हार्ट रिपेयरिंग सर एक क्वेश्चन ये है सर हार्ट को स्वस्थ रखा जाए डिजीज़ बहुत कम हो सोसाइटी में इसके लिए दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे देखिए ऑब्वियसली इसके लिए खाना जो है वो, वो अच्छा होना चाहिए पौष्टिक आहार होना चाहिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज होनी चाहिए एज पर योर हाईट एंड रेट जो तो एक्सरसाइज होना चाहिए तो स्वस्थ खाना खाइए स्वस्थ रहिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कीजिए सर पहले और आज क्या sir, में क्या अंतर है सर इस डिज़ीज़ के पेशेंट्स पहले कि एक्चुअली क्या है कि आ, ये हार्ट वर्क रिपेयरिंग जो डिज़ीज़ है ये बचपन में ही बहुत सारे जो बचपन में ही ये डेवलप हो जाती है बट हम लोगों को समझ में नहीं आता जब तक समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो हो रहा है तो सर से जितना हम लोगों को नॉलेज मिला है तो अभी से अगर उसको हम लोग अभी से अगर केयर करते हैं तो ये हम लोगों को उस जो अंतिम जो सिचुएशन आता है वहाँ तक जाने से रोक सकता है सर ये क्या कारण से होता है सर ये तो देखिए मल्टीपल रीजनस वगैरह हो सकते हैं इसके जैसे आपका हार्ट से रिलेटेड जैसे हो गया कोलेस्ट्रोल वगैरह से मल्टीपल रीजनस हैं इसके बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम फिर मिलेंगे आपके साथ आप सबका दिन शुभ हो धन्यवाद